इन धोखे बाद लोगों की संगत से जरा दूर ही रहा करो और अगर सच्चा प्यार ही चाहिए ना ये अगर सच्चा प्यार ही चाहिए ना तो आई लव यू इन लड़कियों को नहीं अपनी माँ को जाकर कहा करो